साथियों क्या आप जानते हैं हमारे देश में आर्थराइटिस के एक करोड़ से ज़्यादा पेशेंट और सियाटिका के दस परसेंट व्यक्ति पीड़ित हैं सियाटिका बहुत कॉमन अगर देखें तो 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोगों में जिनका स्टिंग का कार्य होता है बैठने का बहुत कॉमनली इससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके निराकरण के लिए वो एनाल जैसिक का इस्तेमाल करते हैं जिसके लंबे समय में लीवर के लिए बहुत हानिकारक प्रभाव वो देता है इन सब से हर्बल औषधि के माध्यम से हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं एक प्लांट की चर्चा करेंगे जिसको निर्गुंडी सेफाली या संभालू के नाम से हम जानते हैं इसको विटेक्स निगुंडो के नाम से जाना जाता है यह वर्बीन ऐसी कुल का है इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं कंपाउंड इसके लीव्स होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं तीन से पाँच लीफलेट्स इसके अंदर पाई जाती हैं और इस प्लांट के विभिन्न पार्ट होल प्लांट वैसे तो यूज़ किया जाता है होल प्लांट और उसमें लीव्स तने की छाल बीज आदि इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर वोलेटाइल होल ऑइल होता है एल्क्लॉइड विटामिन सी कैरोटीन, फ्लोनाइड्स टैनिक एसिड पाए जाते हैं जिसकी कारण इसकी थर्मोजेनिक एक्सपेक्टोरेंट एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है और रोमेटिजम से बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रोंकाइटिस हो सिप्लिनो मिगैली हो लेप्रोसी की समस्या हो या फिर कुछ एजिंग के कारण भी डलनेस ऑफ हियरिंग हो जाती है सुनाई कम देता है ऐसे केस में इसके पत्थरों का सुरस बनाकर छानकर कान में दो से तीन ड्रॉप दिन में दो से तीन बार डालना चाहिए गठिया के रोग हों चाहे स्लिप डिस्क की समस्या हो कहा यह है कि ये सर्ववात रोग है कटिसूल जो कि लिम्बग के नाम से जानते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी को भी ये ठीक करता है और कई बार प्रीमेंस सिंड्रोम जिसके कारण बहनों में चिड़चिड़ाहट उनके व्यवहार में आ जाती है और काम में मन नहीं लगता है हल्का सा बुखार बना हुआ रहता है इस तरह की भी समस्याएं होती हैं उसमें इसके पत्र का डिकॉक्शन देना चाहिए यह हर प्रकार के शीत ज्वर और विषम ज्वर में इसके पत्र का चून बनाकर मधु के साथ सेवन कराना चाहिए और गठिया के रोगों में इसकी जो मूल होती है इसकी जो जड़ होती है उसका डिकॉक्शन पिलाना चाहिए और सियाटिका स्लिप डिस्क इन सब की समस्याओं में इसके लिए अगर ताज़े पत्र मिल जाएं तो उसका सूरज बनाकर मधु के साथ सेवन कराना चाहिए इसके बीजों का इस्तेमाल अस्थमा में डिस्पेप्सिया में और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है इस प्लांट का अगर हम अच्छे से पहचान लें उपयोग करें मधु के साथ या फिर इसके अंदर जो वोलेटाइल होता है ऑयल इस प्लांट के पास आप बैठ जाइए बैठने मात्र से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी यह भी एक दैवीय गुण इस प्लांट के अंदर है तो यह प्लांट अपने आप में बुखार के लिए और पेनकिलर का कार्य करने वाला प्लांट है और पेनकिलर किलर के साइड इफ़ेक्ट जो आ रहे हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी हेल्थ का अपनी स्वास्थ्य का संरक्षण सही तरीके से कर सकते हैं इस प्लांट को आप अपने घरों में लगा सकते हैं गमलों में लगा सकते हैं और आसानी से इसको हम कंज़र्व कर सकते हैं आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें लिखकर अपने सजेशन भेज सकते हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी का धन्यवाद प्रणाम